हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मोकिंग ऑफ कोम गाइस इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि कॉलेज स्टूडेंट या जो भी पाइथन सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल होगा गाइज में साथ ही साथ इसकी डेली का नोट्स पी के थ्रू आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा गाइज आप हमारे इस सीरीज को फॉलो करके एक अच्छा ऐप तथा वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं मैं आपको ऐप और वेबसाइट बनाने की सारी फ्रेमवर्क और प्रोसेस इसमें ही इस सीरीज में ही आपको सिखाऊँगा गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में आप हमसे फिर मिलिएगा जिसमें मैं आपको पायथन के इस सीरीज के सिलेबस के बारे में और अपने कंटेंट को आगे कैसे बढ़ाना है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे भाई अगर चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना